और ये पैसा आपके अकाउंट में भी आ सकता है तो मैं आपको विध प्रूफ दिखाऊंगा अभी मैं अपना मोबाइल फोन ऑन कर लेता हूं यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं सो दैट एडिटर आपको एग्जैक्टली exactly दिखा पाएगा कि जो मेरे मोबाइल फोन पर चल रहा है तो मैंने सुबह सुबह अपनी ईमेल चेक करें जब मैंने जी खोला तो मैं क्या देखता हूं मेरे पास कुछ मेल्स आए हुए हैं यह ये देखिए यहां पर बारह मेल से शुरू होता है नाइन पे फिर सौ मेल दो सौ तीन सौ चार सौ ये सात मेल नहीं है यह सौ सौ ई मेल जब सौ हो जाते हैं तो दूसरे ईमेल पे आ जाता है तो इस तरीके से 712 लोगों का ईमेल आता है मेरे पास ये अपस्टॉक्स की तरफ से आता है और इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए आप कि सतीश कुमार ने अपस्टॉक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया है इसका मतलब ये है कि पांच रुपए आपके अपस्टॉक के रेफर वॉलेट में डाल दिए गए हैं आप वहां पर जाके इस पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं मेरे पास नो रिप्लाई से मेल हुआ है ऐसे मेरे पास सात लोगों के पैसे आए हैं मैं एग्जैक्टली exactly वही करता हूं जो आप करेंगे कि मैं अपना अपस्टॉक्स खोलता हूं ये ऐसे अपस्टॉक्स खोल जाता है आप सबका भी खोलेगा ऐसे ही उसके बाद मैं प्रोफाइल बटन पर क्लिक करता हूं रेफर exactly आप देखेंगे अकाउंट में आ चुके हैं मतलब मोटा मोटा पौने पांच लाख रुपए हो गए अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें सेवेंटी नाइन थे इस वॉलेट में और मैंने लोगों को बोला था अभी डेढ़ दो लाख रुपए और आने मैं गलत सोच रहा था डेढ़ दो लाख नहीं है ज्यादा आ गए और अभी जो दो तारीख को जो मैंने वीडियो डाला उसमें जो रेफर का पैसा आएगा आप ये मान के इसलिए तीन चार दिन बाद आता है तो छः या सात तारीख को वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा मतलब अभी पाँच दस लाख रुपए और आने बाकी हैं मैंने आपको उस वीडियो में बोला था मैंने आए बटन पर लिंक दे दिया आप उस वीडियो को देख सकते हो मैंने बोला था एक्जैक्टली कि जब और पैसे आ जाएंगे मैं आपको एग्जेक्टली दिखा दूंगा कि पैसे आ रहे हैं अब ये पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं किस चीज के आ रहे हैं अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप जो बताऊंगा ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज्यादा काम की और जैसे मैंने बोला था ये पैसा आपके पास आ सकता है सो so, अब ये है क्या चीज ये पैसा आ क्यों रहा है आई विल क्लियरली स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बता देता हूं देखिए अब जो है यह एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है क्या सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर आपको शेयर खरीदने होते हैं या आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना होता है या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने होते हैं, तो ये काम करते हैं। तो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर्स खरीद सकते हो क्योंकि आप शेयर्स अपने बैंक अकाउंट से नहीं खरीद सकते आपको एक डीमेट इन ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है तो यह आपको प्रोवाइड कराता है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 और ना ही जिन लोगों को आप रेकमेंड करने वाले हो उनका हम एक रुपए लगने देंगे मतलब जैसे बोलते ना एक्सैक्टली जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कि बिना एक रुपया लगाए आप पैसा कमाओगे जो भी पैसा आया मेरे में, मैंने एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी यह मैंने फ्री अकाउंट आपको ओपन करवाया फ्री अकाउंट आप इस पर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ही कम इनके चार्जेस ब्रोकरेज चार्जेस बीस रुपए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो यह पैसे भी नहीं लगेंगे मतलब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 अभी मैंने दो तारीख को जो वीडियो डाली थी उस दिन का जो रेफर हुआ उसका पैसा नहीं आया मेरे पास वो भी आएगा और जो आज भी वीडियो है इसके भी पैसे भी आएंगे तो इसमें आप जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे अब इशू क्या है इस इस अकाउंट के साथ कि आप रेफरन में सिर्फ पाँच हार ही दिन का निकाल सकते हो आप बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाएंगे अभी यही पैसा निकालने में नब्बे दिन लगेंगे तो आप देख सकते हैं अगर मैं व्यू हिस्ट्री पर जाता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ सो दैट आप देख पाएंगे यहाँ पर जब मैं व्यू हिस्ट्री पर जाऊँगा तो आप देखेंगे जब मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि तीस तारीख को मैंने पांच हजार रुपये विड्रॉ करें उसके बाद तीन तारीख को और चार तारीख को अभी यहाँ पे दोबारा से पाँच तारीख को रिक्वेस्ट डाल दिए तो जब ये पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ फाइव इज बीन प्रोसेस्ड ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो ये आज दोपहर तक फिर से मेरे अकाउंट में आ जाएगा अभी क्या तारीख हो रही है यू सी आज फिफ्थ है फिफ्थ ऑफ मे और वेंसडे का दिन है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 डेफिनेटली बांट सकते हो सो दे टोल्ड देयर इज नो अपर लिमिट आप कितने भी लोगों को रेफर कर दीजिए विल क्रेडिट द मनी नाउ जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा मैंने डेफिनेटली बात करी अब कि भाई ये पाँच पाँच हज़ार करके निकालने में तो जिंदगी निकल जाएगी इस पैसे को क्या हम एक साथ निकाल सकते हैं तो द आंसर इज येस अगर आप ज़्यादा अच्छा करते हो यू कैन साइन अप फॉर द पार्टनर प्रोग्राम ऑल्सो एंड यू कैन डू दैट बट मैंने आपको रेफर एंड अर्न के साथ क्यों बताया देखो आप पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जाते आपको पैसे देने पड़ते यहां पे मैंने बात करी है जीरो इन्वेस्टमेंट तो अगर आप जो नीचे लिंक है उससे जाते हो तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में अकाउंट खुलता है और रेफर अर्न करने पे भी आपके कोई पैसे नहीं लगते अदरवाइज आपको पैसे देने पड़ते हैं और दूसरी चीज जैसे ही कोई अकाउंट ओपन करता है देखिए यहां पे लिंक शेयरिंग की बात नहीं हो रही अकाउंट ओपन होना चाहिए और अकाउंट ओपन में क्या के क्या? क्या? वाई सी कंप्लीट करता है अकाउंट ओपन हो जाता है तो अकाउंट जब ओपन जाता है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है अभी हम जो आगे गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको अभी कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के ऊपर स्टॉक इन्वेस्टिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो तो तभी तो आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा तो क्यों ना आप आज ही खुलवा लो और लोगों को बोलो कि वो भी खोल लें अब इसमें आपका क्या फायदा अब इसे बड़े ध्यान से समझेगा देखिए मैंने बोला ये पैसे तो मैंने कमा लिए बट आई वॉन्ट कि पीपल शुड अर्न जेन्यूनली इंटरनेट पे सब लोग पैसे कमाने की बात करते हैं ना पहली बात तो सौ दो सौ पांच सौ रुपए की वीडियोस होती है और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं लाखों रुपये पहली बात तो लोगों को विश्वास नहीं होता बट दिस इज वट अब एंड मैं मैं उनको कोई प्रमोशन नहीं कर कर रहा रहा मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं आपको दिल से प्रमोट हूं चीज को क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अगर पैसे आए ये income, ये एक्स्ट्रा इनकम है नहीं किया था, ये मेरी नहीं है बोनस मैंने बट यह आप लोगों के लिए आप देख रहे हैं इस वीडियो पे हमने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 तो एफिलेट हर किसी का रजिस्टर नहीं होता है और तभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं अदरवाइज जब तक तो सामने वाला पैसे नहीं देगा आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते यहां पर जिससे आप रिकमेंड करोगे तुम अपना अकाउंट खुलवा लो उनका एक रुपया नहीं लगेगा एंड क्योंकि एक रुपया नहीं लगेगा दे विल ओपन देयर अकाउंट एंड क्योंकि कंपनी को अपनी वैल्यूएशन भी बढ़ानी है कंपनी को ज्यादा क्लाइंट चाहिए मार्केटिंग में पैसा लगा रही है वो पैसा कंपनी आपको दे देगी तो एक्चुअल में जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप पैसे कमा सकते हो इट इज़ प्रूवन नाउ अब आगे बात को समझिएगा आपने चलिए वीडियो को यूज कर लिया उसके साथ पैसे कमा ली क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है हम कैसे लोगों को प्रमोट करेंगे मेरी बात को समझो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं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 क्योंकि आपको पाँच पाँच सौ रुपये हर बंदे से मिल रहे हैं तो अगर आपने दिन में दस लोगों से इस तरीके से बात करी तो पाँच हजार रुपये आपने कमा लिया अब जब लोग कमेंट करते हैं ना कि सर कोई ऐसा तरीका बता दो अभी घर में बहुत आ, मुश्किल हालात चल रहे हैं पैसे चाहिए पाँच दस बीस हजार रुपये इमीडिएटली चाहिए देखो मैं आपको यहाँ पर ये यह बता रहा हूँ अभी मैं खुद बोल रहा हूँ अगर मैं सिर्फ वीडियो डालूंगा और इस तरीके आपको नहीं बताऊंगा तो मुझे तो पैसे आते ही रहेंगे बट ठीक है पुष्कर कमा सकता है क्योंकि लास्ट वीडियो में लोगों ने बोला आपके लिए तो बहुत आसान है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 ऐसा नहीं ज्यादा कम कुछ होता है बात है अगर प्रमोट करने के पैसे मिल रहे हैं तो कमा लो कंपनी के पास इतनी बड़ी फंडिंग है अब आप सोचोगे अब इतने पैसे दे के हो रही है कंपनी के पास बहुत बड़ी फंडिंग है यार रतन टाटा ने फंड किया हुआ है कंपनी को कंपनी को अपने यूजर्स बढ़ाने और क्योंकि कंपनी को अपने यूजर्स बढ़ाने हैं इसीलिए पांच सौ रुपए जब इनके पास इतने हो जाएंगे, जितने चाहिए हो सकता है इसे कम कर दें या देना भी बंद कर दें तो इट इज नॉट फॉर एवर मैं इसलिए बोल रहा हूं इट इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस की आप जिंदगी पर करते रहो बट जब बात आती है लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना है पैसे है भी नहीं लगाने के लिए वंडरफुल तो, तो कर सकते हो एंड अगर आपसे तो होगा शुरू हो लो. कर, लो, कर दो जब पैसे आने शुरू हो जाए एक काम जरूर कीजिएगा देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मेरा लिंक लगाओ मैं बोलूँ अपना लिंक लगा लो पैसे आपके पास जाएंगे तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल के टैप कर देना पुष्कर राज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर देना तो जब आप मुझे टैग कर दोगे मुझे दिखता रहेगा कि कितने लोग पैसे कमा रहे हैं मुझे भी बड़ी खुशी होती है अभी मैंने ना आपको सिर्फ अपस्टॉक के बारे में बताया है आने वाली वीडियोस में ना आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दे आर मल्टीपल फेस देखो मैंने बोला दिस इज नॉट माई मेन स्ट्रीम मुझे अच्छा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं इस महीने हो सकता है आप स्टॉक से मुझे तीस चालीस पचास लाख रुपये आ जाएंगे बट अगेन इट इज़ नॉट अ मेन इनकम बहुत और भी जगहों से मुझे पैसे आते हैं तो स्टेप बाई स्टेप आई विल टेल यू जो काम आप कर सकते हो जो आपकी रीच में है जिससे आपको पैसे आ सकते हैं आई विल शेयर तो आपको कैसे पता लगेगा आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करो WhatsApp पे देख रहे हो सर्च कर लो पुष्कर राजटागर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लेना Facebook पे देख रहे हो फॉलो करो क्योंकि आने वाली वीडियो में यू आर गोइंग टू लर्न अलॉट अभी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड पैसा कमा लो क्योंकि जब मैं आप आगे बोल रहा हूँ यार मैं आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा तो शेयर्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना अब वो पैसा अगर आपके पास अभी नहीं है तो ये रेफरन अर्न करके कमा लो कौन सा बेकार तरीका है आज सुबह जब मैंने अपने एडिटर को बोला हम ये वीडियो बनाने वाले हैं उसने कहा सर वो लिंक कहाँ पर है वीडियो में ना मैं अपना खुद अकाउंट खोल रहा हूँ जस्ट इमेजिन यार इट इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर डूइंग अ मार्केटिंग ऑफ अ गुड कंपनी इट इज़ वेरी गुड बिकॉज़ आपको भी उससे रिवॉर्ड मिलता है कंपनी कॉमेंट तो तो so बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए जब आपका अकाउंट खुल जाएगा रेफर सेक्शन में जाइए अपना लिंक क्रिएट कीजिए वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं कहीं भी डाल दो नहीं आएगा फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ देखिए जिन्हें अभी पता नहीं है ना कि घर पर बैठे बैठे पैसे आ सकते हैं हो सकता है आपको इतनी ज्यादा समझना हो किसी और को और ज्यादा समझो वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है बिकॉज कोई अपर लिमिट नहीं है मैंने आपको बताया आप चाहे तो दस लाख कमा लो चाहे तो एक करोड़ कमा लो चाहे तो दस करोड़ कमा लो क्योंकि यहाँ पे आप जितना मर्जी कर सकते हो जितने ज्यादा कंपनी के पास यूजर्स आएंगे कंपनी का फायदा और जितने ज्यादा आपके पास पैसे आएंगे आपका फायदा सो डू इट यर नेक्स्ट वीडियो अगर आपके कोई सवाल है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए लाइक करके टाइम गो सल्फ मेड